ध्यान से देखिए ये लड़की एक साथिल चोर है ये दुकानदार के साथ क्या कर रही है ये आपको पता लगा रहा है किस तरह से ये लड़की दुकान पे जाती है और सामान भी ले लेती है पैसा भी ले लेती है और अपना सामान लेती है पैसे अपने बैंक में रख लेती है ध्यान से देखिए तो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये दुकानदार के साथ ये लड़की क्या कर रही है कितनी आसानी से ये दुकान में चोरी कर रही है